नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल पंजाब के नए मुख्यमंत्री से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिष्टाचार भेंट की पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार शाम को शिष्टाचार भेंट करने के लिए पहुंचे जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री अपने साथ मिठाई लेकर के पहुँचे थे उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री का मुँह मेठा भी करवाया मुख्यमंत्री ने पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनको बूखे देकर के सम्मानित किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि वे दोनों मिलकर के क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि वे आपसे प्रेम सद्भाव और सहयोग की भावना से मिलजुल करके प्रगति के पथ को सुगम बनाएंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को स्मृति चिन्ह के रूप में गी भगवत गीता देकर के सम्मानित किया